इस शहर में दो परिवार आस पास में रहते थे दोनों परिवार के में सदस्यों के नाम सिर्फ पति पत्नी रहते थे इनमें से एक परिवार हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था उनके इन हरकतों की वजह से आस पास के लोग भी परेशान थे जबकि दूसरा परिवार शांति से रहता था उनको घर से किसी भी तरह की लड़ाई की आवाज़ नहीं आती थी एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने अपने पति से कहा अपने पड़ोस में भी पति पत्नी रहते हैं लेकिन वो कितने शांत हैं ना उनके घर से ना कभी किसी तरह की विवाद की आवाज़ नहीं आती तुम जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं पति चुपचाप गया और छुपकर देखने लगा उन्होंने देखा कि पत्नी हॉल में फ़र्श पर पोछा लगा रही थी तभी किचन से कुछ आवाज़ आई और वो किचन में चली गई तभी पति अपने पत्नी कमरे से बाहर निकल आया तो उसकी ठोकर से हॉल में पानी से भरी बाल्टी सारा पानी फर्श पर फेंक गया आवाज़ सुनकर पत्नी चिकन से बाहर आई तो देखा कि पूरे फर्श पर पानी ही पानी है और वो अपने पति से बोली ये मेरी गलती है कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया पत्नी ने जवाब दिया नहीं ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा और गलती से मेरा पैर बाल्टी पर लग गया दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मान ली और आपस अपने काम में लग गए झगड़ालू परिवार पति जिसने ये सब देख रहा था जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई झगड़ालू परिवार पति पत्नी थोड़ी देर खामोश रहे और फिर पत्नी ने कहा उनमें और हम लोगों में यही अंतर है कि हम एक दूसरे की गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि वो खुद को गलती मानने को तैयार रहते हैं इस वजह से उनका परिवार खुशहाल है झगड़ालू पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इन्होंने इस घटना से भविष्य के लिए सबक भी सीख लिया है दोस्तों पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं एक में भी यदि कोई खराबी है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती गिरस्थी की गाड़ी आपसी समाज संग पर होती है इसमें अगर ज़रासी भी ईगो यानी आहंगार आ जाता है तो फिर इसे चलाना बहुत कठिन होता है दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए